पृथ्वी से जुड़ी दस बातें आप नहीं जानते होंगे को कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन ये लग रहे, अपने गर्भ में कितने रहस्यों को छिपाए हुए है ये कोई नहीं जानता नमस्कार दोस्तों जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा तो आइए जानते हैं इनके बारे में दस दिन हमेशा से चौबीस घंटे का नहीं था अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहेंगे कि भैया 24 घंटे होते हैं ये तो साधारण सा सवाल है लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे और चौवन मिनट ही हुआ करते थे दरअसल चंद्रमा सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों के कारण पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है और हर सौ साल में एक दिन का समय एक दशमलव कम होता जाता है पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी दिन के समय में परिवर्तन होता है 2011 में जापान में आए भूकंप से एक दिन का समय करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था नौ बढ़ती गर्मी दोस्तों पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूर्य आज ऐसी दस ज्यादा चमकदार और गर्म होगा 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा साढ़े सात करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगा और सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि शायद मरकरी, वीनस और हमारा चंद्रमा भी खत्म हो चुका होगा 8. पृथ्वी पूरी गोल नहीं है बचपन से हमें पढ़ाया गया है की पृथ्वी गोल है लेकिन दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा की पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है ये अपने ध्रुवो पर थोड़ी चप्टी है या कह सकते हैं कि बीच में थोड़ी ज्यादा ही गोल है दरअसल रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा पर इतनी गति से घूमती है कि पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया है जैसे एक गेंद को जोर से मारा गया हो इस विशेष आकार को जियोइड कहते हैं दोस्तों क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है क्यूँकी पर्वतों की ऊंचाई समुद्री स्तर ऐसी नापी जाती है अगर हम पृथ्वी के गर्भ ऐसी पर्वत ऐसी ऊंचाई नापे तो इक्वाटोर का माउंट चिम्बोरासो सबसे ऊंचा पर्वत है सात सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रंखला कौन सी है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा लेकिन ऐसा नहीं है असल में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का सिर्फ 10 प्रतिशत भाग ही हमें दिखता है और बाकी भाग समुद्र की गहराइयों में है इसे हम मिड ओशियन रिच सिस्टम के नाम से जानते हैं उन्नीस में किए गए एक सर्वे के अनुसार इसकी लंबाई अस्सी किलोमीटर है और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से 20 गुना ज्यादा लंबी है छह भू चुंब के क्षेत्र का पलटना जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के ध्रुव भी एक प्राकृतिक चुंबक की तरह काम करती है वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अपनी चुंबकीय दिशाओं को पलटता रहता है और आने वाले समय में भी ऐसा होगा लेकिन दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है क्यूँकी इसका हम आरोप कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला हाँ बस दुनिया के सभी कंपस बिगड़ जाएंगे लेकिन परेशानी तो डॉल्फिन और वेल मछली को काफी होगी क्योंकि वो तो इन चुंबकीय तरंगों से ही अपना रास्ता खोजती हैं। आप क्या सोचते हैं क्या हमें ऐसे जीवों के लिए कुछ करना चाहिए वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति प्रकट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते है पाँच असमान ग्रेविटी दोस्तों आप में ऐसी कई लोग ये समझते होंगे की पृथ्वी आरोप हर जगह ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण एक होता है आपको बता दो की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कैनेडा का हटसन बे एक ऐसा ही उदाहरण है यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी की दूसरी जगहों की तुलना में काफी कम है माना जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है जिसके कारण यहां की ग्रेविटी कम है सन दो हजार में में की अलग अलग जगहों की ग्रेविटी नापी गयी थी जिसमे इस जगह के बारे में पता चला था वैसे पृथ्वी पर यह इकलौती ऐसी जगह नहीं है बल्कि बहुत सी जगहों पर ग्रेविटी की ऐसी अनियमितताए पाई गयी है चार पेंजिया दोस्तों आज पृथ्वी पर सात महाद्वीप हैं लेकिन आज से करीब तीन करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे मतलब पृथ्वी पर जमीन का एक टुकड़ा था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे ये उस समय पृथ्वी के एक तिहाई भाग में फैला हुआ था बाद में करीब एक करोड़ पचहत्तर लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल के कारण धीरे धीरे सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए भूवैज्ञानिकों की माने तो आज ऐसी करीब ढाई करोड़ सालों के बाद सारे महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और एक बार फिर से पेंजिया का निर्माण होगा तीन छिपा हुआ समुद्र जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना वैज्ञानिकों ने जमीन से करीब 660 किलोमीटर नीचे एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात की है माना जा रहा है कि इस समुद्र में पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी समुद्रों ऐसी तीन गुना ज्यादा पानी है ये पानी लिक्विड नहीं है बल्कि एक बड़ी सी नीली चट्टान के रूप में है जिसे रिंग वाइट नाम दिया गया है कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि आज जो समुद्र पृथ्वी के सतह पर मौजूद है वो भी पहले जमीन के अंदर कुछ इसी तरह थे लेकिन वो बाद में भौगोलिक गतिविधियों के कारण सतह पर आ गए दो पहले पृथ्वी बैंगनी थी अब आप कहेंगे भाई ये तो ज्यादा हो रहा है डाविन कहते हैं कि हम बंदर थे और अब पृथ्वी को भी बैंगनी कर दिया लेकिन दोस्तों कुछ खगोलीय जीव वैज्ञानिकों की माने तो पूरी तरह सत्य है दरअसल पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह बैंगनी रंग के एक रसायन का इस्तेमाल करके सूर्य की किरणों की सहायता से भोजन बनाया करते थे इस रसायन को रेजिनल नाम दिया गया है इस कारण हमारे ग्रह का रंग भी बैंगनी था लेकिन बाद में जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर हुए वे अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते थे हरे रंग का क्लोरोफिल बैंगनी रंग ऐसी ज्यादा सूर्य के प्रकाश को सोख सकता है और इसलिए ये ज्यादा कारगर साबित हुआ एक पृथ्वी आरोप जीवन की शुरुआत कैसे हुई पृथ्वी पर लाखों और करोड़ों प्रजातियों के जीव रहते हैं लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि हम इंसान अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि हम इस पृथ्वी पर आए कहाँ से। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बने हैं जो पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे ये अणु या मोलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते थे जैसे की डी होता है लेकिन ये मोलिक्यूल पृथ्वी आरोप ही बने या ब्रह्मांड में दूर किसी ग्रह ऐसी आए ये अभी तक भी साफ नहीं है वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों का तो यही दावा है कि ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के निर्माण के साथ ही बने थे और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें तो कौन कौन सी बातें आप पहले से जानते थे और आज आपको क्या क्या नया जानने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताए